हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के परिसर में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसका उद्घाटन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति श्री रविशंकर द्वारा किया गया इसमें 2 अक्टूबर दो से चौदह नवम्बर दो तक छह सप्ताह तक चलने वाले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 अधिकतम जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा राज्य विभिन्त सेवा प्राधिकरण ने 2 अक्टूबर दो, दो से लेकर के अब तक तीन बार राज्य के सभी गांवों में मोबाइल बैंक सामाजिक संस्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम एवं डेस्क आदि के माध्यम से विभिन्न जागरूकता सह विधिक सहायता केन्द्रों डोर टू डोर पैरों और उसके दौरान सेवानिवृत्त शिविरों प्रतियोगिताओं रैलियों और प्रदर्शनों के माध्यम के लिए जागरूकता आयोजन किया गाँव में डोज टू दौरे करने के लिए राज्य गति सेवा प्राधिकरण ने सात तो सौ टीमों का गठन किया जिसमें पिचासी हजार से अधिक ग्रामीणों से बातचीत की गई उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में भी किया गया लोगों को